क्योंकि पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और ये पांच कौन-कौन से हैं तो तिथि वार नक्षत्र योग, करण, पंचांग के ये पांच अंग हैं। तो छ अक्टूबर का दिन रहेगा रविवार दिन रहेगा और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है विक्रम संवत दो हजार छिहत्तर सप्तम्बत परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 44 मिनट पर नक्षत्र रहेगा पूर्वा साढ़ा 3 बजकर 5 मिनट तक दोपहर में इसके उपरांत उत्तरा साढ़ा नक्षत्र लग जाएगा करण रहेगा वब इसके उपरांत बालव और अंतिम करण जो रहेगा ये कौलव करण रहेगा तिथि हमने आपको बता दी कि सुबह 10 बजकर चौवन मिनट तक की अष्टमी तिथि रहेगी उसके उपरांत नवमी तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं जो है करना चाहिए और नवमी तिथि को दर्शकों जो होता है आपको लौकी नहीं खाना चाहिए